यही समझ का फेरा रे साधो यही समझ का फेरा यही समझे का फेरा रे साधो यही समझ का फेरा पहला संत विचार के बोले पहला संत विचार के बोले सब कुछ है मेरा सब कुछ है मेरा मेरा पहला संत विचार के बोले सब कुछ है मेरा मेरा जो मेरा जो मेरा वो मेरा है ही जो मेरा है ही जो तेरा वो भी मेरा रसाधो यही समझ का फेरा हे यही समझ का फेरा रेसाधो यही समझ का फेरा दूजा संत भये कुछ ज्ञानी संत भये कुछ दूजा संत भये कुछ जाने का झमेला दूजा संत भये कुछ ज्ञानी जाने जगी का झमेला जो मेरा मेरा है साधो जो मेरा वो मेरा है साधो आ जो तेरा वो तेरा साधो यही समझे का फे यही समझे का फेरा साधो यही समझे का थे तीजे संत भये कुछ ज्ञानी तीजे संत भये कुछ ज्ञानी जाने जगी का झमेला तीजे संत भये कुछ ज्ञानी जाने जगी का झमेला जो तेरा वो तेरा है साधो जो तेरा वो तेरा है साधो जो मेरा वो भी तेरा रे साधो यही समझे का तेरा यही समझे का तेरा रे साधो यही समझे का तेरा चौथा संत भय कुछ ज्ञानी जाने जगी का बखेड़ा चौथा संत भय कुछ ज्ञानी जाने जगी का बखेड़ा ज्ञानी संत विचार के बोले ज्ञानी संत विचार के बोले ना तेरा ना मेरा रसा दो फेरा जगत का फेरा यही रसाधो का यही जगत का फेरा साधो यही जगत का फेरा सभी संत रहे इस भीड़ में सबका यही बखेला सभी संत रहे इस भीड़ में सबका यही बखेला कहे फणी विचार कर खुद ही कहे फणी विचार कर खुद ही किस में राम है तेरा समझ समझे तेरा यही समय जे का फेरा रे साधो यही समझ का फेरा रे यहीं समझ जे का फेरा रे साधो यही समझ का फेरा यही समझ का फेरा